तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक कैसबुक का फोल्डेबल ट्राईपोर्ड 7.5 फीट का है और इसमें जो सत्ताईस एम एम का रिंग लाइट है वो रिमोट कंट्रोल है तो चलिए आज की इस वीडियो में आप हम शुरू करते हैं आपको बताते हैं कि किस तरह से रिंग लाइट को ट्राईपोर्ड में सेट करना है और किस तरह से मोबाइल को सेट करना है जो कि थ्री डिग्री मूवेबल है दोनों रिंग लाइट और मोबाइल का स्टैंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में